जब हम बस या कार में बैठे होते हैं तब हमें उल्टियां या घबराहट होती है और ज़्यादातर बच्चों और महिलाओं में दिखा जाता है आखिर ऐसा क्यों और इसे कैसे बचे चलिए बताता हूँ इसका कारण बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि जब आप कार या बस में बैठे होते हैं तब आपका दिमाग स्पीड आवाज और जो आप देख रहे होते हैं उन सिग्नल को दिमाग कैप्चर नहीं कर पाता जिसके कारण आपको उल्टिया या फिर घबराट फील होता है और इसे मौसम सिकनेस कहते हैं अब इससे बचना कैसे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो आप जब भी घर से निकलो तब आप कुछ खाकर निकलो और दूसरी बात अगर आप गाड़ी में बैठे और आपको उल्टिया या फिर घबराहट फील हो रहा है तो आपको बस इतना करना है की आप खिड़की खोल लो दूसरी बात अगर आप मोबाइल या फिर किताब पढ़ रहे हो तो वो छोड़ दो और बाहर देखो लम्बी सी सांस लेते रहो और अगर आपके पास टॉफी है तो आप खा लो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और मैं आपको बता दूं कि ये कोई बीमारी नहीं है ये जल्दी ठीक हो जाती है वैसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो